दोस्तों एक संत जो कि योगी थे वसंत अपने आश्रम में शिष्यों को योग ध्यान और प्राणायाम के शिक्षाएं दिया करते थे वह संत अपनी कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे जहां वह संत बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था और अब वह संत अपने इस अनुभव और ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे एक दिन वसंत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे वहीं एक युवा व्यक्ति संत के पास आया और वह व्यक्ति संत को प्रणाम किया और संत से पूछा कि गुरुजी हमारे पूजनीय पुराने ऋषि मुनि और महात्मा यह कहते हैं कि योग ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारा सांस ही है क्या हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पाकर क्या हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं गुरुजी क्या है सांसों का विज्ञान सांसों का रहस्य और सांसों का योगिक विज्ञान कृपया आप हमें विस्तार में बताएं मुझे मार्गदर्शन करें और तब वह कहते हैं जरूर बताऊंगा लेकिन इसे तुम्हें बहुत ध्यान लगाकर सुनो क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो इसे ध्यान से समझना दोस्तों आप सभी से ये बिनती है कि आप भी इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुने और साथ ही इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आगे वसंत उस व्यक्ति को बताते हुए कहते हैं जब हम सायु प्रत्यक्ष रूप से हमें तीन चार स्थानों पर ही महसूस होती है कंठ हृदय फेफड़े और पेट मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता कान और आँख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है सास नली से भीतर गई हुई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आते हैं ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि प्राण वायु भीतर गई और दूषित वायु बाहर निकल आई लेकिन वह भीतर जाकर क्या क्या सही या क्या क्या गलत करकर आ जाती है इसका हमें पता नहीं चलता यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह से शरीर के अंदर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है शरीर में नए रक्त का निर्माण होने लगता है आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है स्नायु की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति पुनः जिंदा हो जाती है फेफड़ों में बड़ी भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है सोचो जब जंगल में हवा का तेज एक झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागरूक होकर सजग हो जाता है सिर्फ एक झोंका कपाल या प्राणायाम तेज हवा के अनेकों झोंके जैसे हैं। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है आधी लाने के लगातार अभ्यास से ही आधी का जन्म होता है 10 मिनट की अंतर आधी हमारे शरीर और मन के साथ हमारे संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखड़ती रहती है उथल पुथल भरी रहती है या फिर तेजी से चलती रहती है हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे चलती रहती है क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती है काम का भाव उठा तब भी सासे बदल जाती है हमारे प्रत्येक भाव और विचारों से तो बदलती ही है लेकिन हमारे खानपान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है असल में हमारी सांसों का हमारी मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने में टा हुआ है तो अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा आगे बताते हुए बसंत उस युवा व्यक्ति से कहते हैं जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों का गति भी वैसे ही होती है या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है जो हमारे भीतर घटता है वह भी और जो हमारे बाहर घटता है वह भी हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है मतलब कि हम अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा एक सच्चा योगी बुरे से बुरे परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है एक योगी अपने भावनाओं को नहीं दबाता बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है और सांसों को नियंत्रण करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है उसके पास उसके सभी समस्याओं का समाधान रहता है वसंत उस व्यक्ति तरफ इशारा करते हुए कहा तुमने कुछ योगी और ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा कि वह डेढ़ 200, 300 सालों तक भी जी जाते हैं आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं असल में उनका नियंत्रण खुद के सांसों पर होता है जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं प्राण ऊर्जा हमारी चारों तरफ है इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है और वह इस काम पर अच्छी तरह से महारत हासिल कर लेता है इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और अपने आप को दीर्घायु बना सकता है अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो दीर्घायु बनाना चाहते हो सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो तेज बुद्धि चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा उन्हें नियंत्रित करना होगा उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा वास्तव में डर चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती या तो सिर्फ हमारे मन और भावना की उपज है और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है और वह हमारी सांसें हमारे अंदर का क्रोध चिंता जलन खुशी अहंकार बदला लेने की भावना ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी बिकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं अगर तुमने कभी एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस अंदर लेता है तो तब उसका पेट फूलता है और जब सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है यानी कि एक बच्चा अपने पेट अपने नाभि से सांस लेता है जो कि सांस लेने का सबसे साकृतिक और सबसे सही तरीका है अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है उसका शरीर ज्यादा प्रकृतिक तरह से काम करता है तुमने यह गौर किया होगा बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वह लंबे समय तक किसी से ज्यादा गुस्सा रह सकता अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है यानी पेट या नाभी से चलती है बच्चे के शरीर को विकास चाहिए और विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सासे इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सासे दी है हालांकि यह लंबी सासे हर मनुष्य को दी गई है लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है वह पेट के बजाय अपने सीने से सासों को लेता है हम जितने छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता तनाव और बकवास से बड़े रहेंगे हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने खुश और शांत रहेंगे वह संत आगे बताते हुए कहते हैं एक व्यक्ति एक मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है सांस के सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और शारीरिक कंपनों से है अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाली कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी संत उस व्यक्ति से कहते हैं तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खुखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते है पालतू बिल्ली के तरह व्यवहार करने लगते हैं ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपने सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लेते हैं अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या नौ से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कंपन आवाज फैला रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हमारी सासे छह से कम हो जाती है तो बेजान चीजें कैसे काम करती है यह समझना हमारे लिए आसान हो जाती है बेजान चीजों की कंपन और उनकी ध्वनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और इसी स्थिति पर पहुँच कर ही बहुत सी योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड की रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा हम उतनी ही सासे कम लेंगे अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले आएं और बहुत तेजी से सांस ना ले रहे हो तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है योग के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानी जीवन से परे हैं योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर व्यक्ति एकदम ही नई मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है या जिनका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन या दिमाग पर नियंत्रण रख के ठीक किया जा सकता है अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते कुछ लोगों को ये सब बातें बस एक कहानी लग सकती है क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे वह अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं लेकिन पुराने योगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं और वह अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर निपुणता हासिल करके कि वह जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस मस्तिष्क की तरंग हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाली खून को भी रोक सकते हैं। इस अवस्था में भी वह सब कुछ सुन सकते और महसूस कर सकते हैं। यह एक विज्ञान है सांसों को लेना यह एक प्राचीन योगिक क्रिया है एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लिया है वह जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है योगी के अनुसार अगर हम अपनी सांसों को समझ लेते हैं तो हमारे शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका उपचार आज किसी के पास नहीं है सांसों के माध्यम से उन्हें वह ठीक किया जा सकता है वह संत उस व्यक्ति को आगे बताते हैं जब सांसें विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है लेकिन जब सांसें शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है इसलिए हमें अपना श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए संत ने के तरफ देखते हुए कहा तुम्हें क्या क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो नहीं सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई दस अंगुल होती है और बाहर निकालते समय इसी श्वास की लंबाई बारह अंगुल हो जाती है यहाँ एक अंगुल का मतलब एक अंगुल मोटाई से है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसी होती है जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांसें अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सास की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है तेज चलते समय इनकी लंबाई बाईस ऐसी चौबीस अंगुल हो जाती है दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात की गई है क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को छीन करते हैं को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसके लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने दो ही चीज बताई पहला नाभि तक भर के पूरी सांस ले और दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है यदि हम किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु को कम कर लेते हैं तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई एक अंगुल ऐसी कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगता है दो अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है तीन अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है चार अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है पाँच अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है छह से सात अंगुल कम होने ऐसी साधक के अंदर अति तीव्र गति ऐसी चलने की शक्ति आ जाती है वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंच सकता है आठ अंगुल कम होने पर साधक को आठो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है यह आठो सिद्धियां हर इंसान में होती है बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई बारह अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है लेकिन यह सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत हो सकती है जब मन में इन्हें जागृत करने का तीव्र अभिलाषा होगी और मन का स्थूल रूप श्वास है इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना पड़ता है वह संत आगे कहते हैं अगर तुम अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो फिर चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक इंसान में यही एक खूबी है कि वह सभी आयामों को समझ सकता है हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है शारीरिक और मानसिक दोनों ही हम अपनी सांस धीमी करके भाग नहीं सकते भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती है क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती है दूसरा हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती है क्यूँकी हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारे ऊर्जा को खत्म करता है एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी कामवासना का बसीबोध हो चुका है जैसे जैसे उसकी कामवासना तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती चली जाएंगी यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके कामवासना में नहीं उतर सकता जिन योगियों ने काम लिखा या काम वासना को समझा उन्होंने जान लिया था कि काम बासना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या कैसे ब्रह्मचार्य में उतरा जा सकता है तो असल में हमारी सांसों के गहराई और उसकी गति से हमारी पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र पे प्रभाव पड़ता है जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं जैसे मनुष्य का खुश होना गुस्सा करना या भागते समय उसके सांस फूलना सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है और फिर आगे वसंत बताते हैं मनुष्य के भीतर के सभी प्रतिभाए उसके शक्ति बिंदु यानी कि उसके सात चक्रों में छुपी होती है अगर तुम्हे कोई व्यक्ति सामान्य ऐसी अधिक बुद्धिमान लगता है तो या उसके चक्रों का प्रभाव है यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है इसी प्रकार से छठी इंद्रिय का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना या संभावना मनुष्य के अज्ञात चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है लेकिन कभी भी यशा तो चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते किसी में ज्यादा तो किसी में कम बस मात्रा का फर्क होता है असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है जो कि संभव नहीं है उसे सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा हम इंसान अपने पाँचो इंद्रिय अंग नाक कान आख जीव और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म और आयाम हैं जिन्हें ये हमारे पाँचो इंद्रियां नहीं पकड़ सकती है उदाहरण के लिए एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है वह एक साधारण इंसान नहीं कर सकता एक बिल्ली किसी भी अनोहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है एक गिद्ध जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीव को देख लेता है साथ ही बंदर और ऐसे बहुत सी पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप ग्रहण समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसके कंपनों को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगहों को देखकर खुद को उसमें छुपा लेते हैं इन घटनाओं के कंपनों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं, जिन्हें हमारी ये पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं तो अगर उन पशु पक्षियों की यह संभावना हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं और क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है और इसीलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सासों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहाँ पर हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि एक मिनट में सत्ताईस से अट्ठाईस सांसें लेता है वह दस से बारह साल तक जीता है एक इंसान एक मिनट में चौदह से पंद्रह सांसें लेता है और वह अस्सी से सौ साल तक जी सकता है लेकिन एक कछुआ जो कि एक मिनट में सिर्फ पाँच से छह बार ही सासे लेता है वो 500 से 600 साल तक भी जी सकता है इससे साफ स्पष्ट है कि जिस जीव के सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है इसी चीज को समझकर कर हमारी पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने की विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो समझ गए थे इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है लेकिन सांसों की धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी प्रकार के जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभी ऐसी भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है इसके बाद वसंत एक लंबी सांस लेते हैं और कहना शुरू करते हैं यौगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है नाद या अनहद नाद अनह एक ध्वनि ध्वनि है यह किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती क्योंकि यह वह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है जहाँ टकराव या घर्षण होगा वही कंपन होगा और वही से ध्वनि उत्पन्न होगी और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्रिय यानी हमारी कान सुन सकते हैं परंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लेते हैं तो वो नाद की ध्वनियों को सुन सकती है नाद एक ऐसी ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती है यह ध्वनी बाहर भी है और हमारे भीतर भी लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए यह ध्वनी केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो तभी वह व्यक्ति ने पूछा लेकिन गुरु जी अभ्यास क्या है और तब वसंत कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है देखो कि तुम्हारे सांसें सीने से आ रही है या पेट से अगर सांस सीने से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले और जब तुम सांस छोड़ो तो पेट पच धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे सांस का केंद्र तुम्हारे नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा यानी अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे नाभि के नीचे से आ रही होंगी लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए और बिना तुम्हारे प्रयास किए रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी उसी पल ऐसी तुम नाद के ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे लेकिन याद रहे इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है और आगे बताते हुए संत कहते हैं चिंता डर तनाव व अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांस लेते हैं तो हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है जिससे हमारे शरीर तक कम प्राणवायु पहुंचती है और दूषित वायु इकट्ठा होना शुरू हो जाती है शरीर का माध्यम अमली हो जाता है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है हमारी नज़र कमजोर पड़ने लगती है हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती है और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी के गिरफ्त में जाने लगता है लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज्यादा हवा पहुंचती है और न केवल हमारे शरीर को ज्यादा प्राणवायु मिलती है बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिसे मलमूत्र या पानी के माध्यम से नहीं सिर्फ हवा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर चिंता और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। वह युवा व्यक्ति उस संत की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था और वह संत से कहता है मैं तो कभी अपने सांसों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसीलिए मुझे तनाव पीड़ा होती थी गुरुजी। अब से मैं अपने सांसों को नियंत्रण करने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ धीरे धीरे अभ्यास से मैं इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करूँगा और वो व्यक्ति उस दिन से उनका शिष्य बन जाता है और वो उस दिन से ध्यान और योग करने लगता है जिसके कारण वह कुछ सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं ऐसा कहा जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर दबाए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद